हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एयरप्लेन मोड में नेट कैसे चला सकते हैं जनरली फ्रेंड्स जब आप एयरप्लेन मोड ऑन कर देते हैं तो आपके फ़ोन से किसी के पास कॉल नहीं जा सकती मैसेज नहीं जा सकते और आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आ भी नहीं सकते और आपके फ़ोन के ब्लूटूथ वाई और जी भी ऑफ हो जाते हैं अगर आपको इनको ब्लूटूथ वाई फाई को ऑन करना है तो आप मैनअली ऑन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स पहले हम उसके लिए क्या करेंगे आप सेटिंग में जाके कनेक्शन एंड शेयरिंग पर जाएंगे और मैं इसका एयरप्लेन मोड ऑन कर लेता हूं अभी फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे एयरप्ल मोड ऑन करने के बाद यहाँ से मोबाइल के नेटवर्क भी चले गए ठीक है और अब हम क्या करेंगे अब हमको ये करना है कि हमको नेट चलाना है एयरप्लन मोड में तो हम कैसे चलाएँगे उसके लिए फ्रेंड्स आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएँगे सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ ऊपर लिखेंगे इंटरनल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 इसको क्या करना है फ्रेंड्स आपको ऑन करना है एक बार टैप करेंगे वो ऑन हो जाएगा ठीक है आपके में ऐसे अगर ऑफ़ हुआ हुआ है तो आपको इसको ऑन करना है ऑन कर देंगे इसको ऑन करने के बाद फ्रेंड्स आप बाहर की तरफ आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे और अभी आप फ्रेंड्स ऊपर की तरफ आप देखेंगे नेटवर्क आपका इंटरनेट शो होने लगा इंटरनेट की स्पीड शो ऑफ होने लगी अभी फ्रेंड्स आप यूट्यूब पे जाएंगे या जा जो भी जो भी आपको ओपन करना है आप तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू